तो, अरे नहीं करेंगे कुछ भी वो फुल तुम करो हैक है वो तुम मारना हो रहा हो रहा हाँ ये देख है तो है तो <laughs> भाई भाई भाई देख तो बहुत खतरनाक। कसम से रिकॉर्ड कर तू वाली वीडियो। लेती तो है। बहुत खतरनाक बड़ी तेरे में आजा करके भैया आसमत आसमत वीडियो बना रहा हूँ ये करें भाई ये करें ये करें के साथ गेम रूम तू किधर है? Killing spree for the red team. एक बार एक बार तो जाके गेम तो देखने को मारा भाई कैसे fail कर दिया? Fail कर दिया राइट बल बोल मैं हटना मैं तो और वो <laughs> भी गए। अब शॉट भाई बंदे बता ये क्या तो रूम गोली से दिया। ये बस हिल पे जाके बंदे का क्या बंदा कहीं हो वो सही ना वाले को गोली मार दूंगा मेरा अभी भी वही दिया पूरा बड़ा बंदा साला मार रहा है देख देख इसको कहां पे मारूंगा देख कहां मारूंगा इसे जितने गोली मारूंगा सब पड़ेगा इसको सब गोली पड़ेगी जितना मारूंगा इस पे सब गोली पड़ेगी कैसे अबे इसने तो उड़ के शॉट पड़ जाता देख उड़ उड़ के आसा आ रहा है इसको यूं देख के फिर भाग जा रहा है ऐसा लग टच कर रहा है बंदा इस बार दीवार के आर-पार भरिए दिखला एक मिनट जाना दिख जाना मैं दिखला बॉस तू कौन था रणबीर से साइड में ले रहा है भाई कल एक बंदा ऐसे खेल रहा है गेम में ला रहा है तू निकला फिर पड़ेगा देखते हैं गया गया। था। क्या होगा मेरा मर है सीधा ले ले, ले लिया मैं तो कुछ भी भी नहीं तो तो नहीं कर तो तो तो रहा रहा हाथ लगा कि काम एक और अब मुझे कुछ करना नहीं है ना तो मैं बंदा कुछ करेगा जो करेगा सो सुरु क्या करे रे ये मारि मत मारि मत मारि मत एक सेकंडो देखता हूं कहां मारने पे, तो पे। तो तो तो देखता हूं वो भाई जगह गोल तिरछी जा रही है बे तिरछी जा रही है एक मिनट तू जा रुक तेरा मारना देख ले रुक जा रुक जा मारिया मत नो मर्सी लूएगा बमोगे दिया लेगा तो मार 19 का जंप पटा ऐसे रुक जा कहां तेरे बाप का क्या जा रहा है mari pose ennoli sod marunga bali tu re golding kar raha hai na ha kali apni bas thi hacker ke sath khela tha usne dekha nahi jaa raha hai mata ka jaise sod maru to aise de do bole abhi abhi main urke mar na wo sahi der daba tha abhi main uber ka ult pakde de raha tha yahan pe seedha tere aur chal gaya speed wala hack lagata usse nahi nahi speed wala speed wale mein parega isko half of the match is over ab marani ab kaha vibe kya ab kaha gaya ab maar na ma doge ठीक होगा फिर ना कहीं में स्पेस ज्यादा है यहां पे तो कदम कदम पे तो किलिंग स्प्री फॉर द रेड टीम तुझे तो भोन करना भागते हुए जाऊं मैं और जान और आ रहा हूं भाई चढ़ा मैं मेरे को भाई चढ़ा मेरे को भाई चढ़ा गाइस को मार, ये वाला नाइस शॉट। यार मैं तो और फट जाएगी यार मैं बंदूर में दो महीने से किया दिया टारगेट डाउन लाइट लगा कवर मी लाइट लगा ना सुसु लाइट लगा तो उनको जूस वगैरह भी आ जाएगी हां हां वीडियो डालूंगा आ जाएंगे व्यूज देखो कि मेरी बेइज्जती हो रही है नहीं लिखूंगा हैकर वर्सेस प्रो बंदा ये टाइम पे से ओ भाई देखा कैसा मार इधर ये कोशिश कर मैं मार पाता इस दीवार के रुक जा सुन बाबा चल जा इधर है मैं बीच में हूं तेरे नई बगल में मैप से उधर राइट से दिखाई नहीं तो मुझे दिख नहीं बता भी धंधा मेरे को बता नहीं तेरा राइट से आ रहा अभी भी राइट से ही आ रहे होंगे मेरे राइट से आ रहा आला भाई अपना राइट बोल मत कल ऐसी ही मेरे साथ वाले बंदा आके बोल रहा था ना किसको हैकर क्यों बोल रहा था नाइट इमो कल ऐसी ही था मेरे था साथ मेरे साथ ऐसी ही था भाई पांच के पांच ए डबल साइड मारियो देख सर लगाएगा मारने के कुछ ज्यादा रुक क्या नहीं मुंह पे आ जाता ना मैं इसलिए तू मार रहा था अच्छा लाना है भोसड़ी के मार देगा यार तेरे को पता भी चल रहा लोकेशन भी तो लगा रखा है लोकेशन मत लगा फिर कोशिश कर रहा तू साला करगा गए चालीस मारेगा किधर है तू ना खड़े मारी मत यहाँ करे यहाँ पे खड़े हो यहाँ पे यहाँ पे एकदम यहीं पे एकदम यहीं पे क्यों मत खरीद क्या गान मार घर मारे लोरे ये क्या है अबे मेरा भी ऐसे है यार तेरा कुछ इसका कुछ ज्यादा किधर है लोरे बेकार है हैकर हैकर सोच किसी बंदे को में तो किस को कर फिर उसकी जाएगी अब किस भी मैंने आज ही देखा था आज ही चू वो मरा नहीं वो? वो मरा नहीं नहीं जब ही थी जल्दी आप कहाँ मार दूंगा